नमस्कार दोस्तों मैं महीपाल चौधरी महीपाल इंटीरियर डेकोरेटर में आपका स्वागत करता हूं और आज हम आए हैं एलसीडी यूनिट बनाने को और जो अपना एलसीडी यूनिट होता है उसका जो पहला स्ट्रक्चर बनता है और पूरे हॉल का रीनोवेशन में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा जो बहुत ही सरल और आसान है दीवार पर पे पहले पट्टियाँ फिट करते हैं जैसे यहाँ पर ये तीन पट्टी फिट की हुई है मिस्त्री यहाँ पे काम कर रहे हैं और इन पट्टियों को फिट करने के बाद में इसको लाइन डोरी लगा के एकदम सीधा किया जाता है और अभी आप देख पा रहे हैं कि इसमें छह पट्टियाँ फिट हो गई है और ऊपर से एक आड़ी पट्टी और लगाई जाएंगी आप वीडियो को फुल वॉच कीजिए पट्टियाँ फिट होने के बाद में उसके ऊपर अठारह एम की प्लाई की सीट ठोक दी गई है और बीच में जहाँ टीवी लगेगी उसके लिए एक्स्ट्रा फ्रेम बनाई गई है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं हॉल एकदम पुराना दिख रहा है और अभी आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि इसको कैसे विनियर लगाया जाता है कैसे चारकोल लगाया जाता है कैसे इसकी माइका लगाई जाती है जो फाइनल शो है वो आपको वीडियो के एंड में देखने को मिलेगा अभी इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि चारों तरफ से ब्लैक कलर का हमने विनियर लगाया है नीचे में दो ड्रावर बनाए हैं इधर में ये सेटअप बॉक्स रखने की जगह है और इसकी जो वायरिंग है वो भी मैं आपको बीच बीच में बताते रहूँगा और जो सामने से ये जो डेढ़ इंची की टक्कर दिख रही है यहाँ पे एल जो सीरीज रहती है जिसको एल लाइट बोलते हैं और कई कोई उस को रूप लाइट भी बोलते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये वापस यूनिट आपको सीधा होके दिख रहा है और ये साइड में जो गाला काटा है यहाँ पे हमने स्विच बोर्ड लगाने के लिए ये गाला काटा है और इस यूनिट को बनाते समय ये एक बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें वायरिंग का कहीं भी उलझन दिखने को नहीं होना केबल्स वायर सभी अंडरग्राउंड रहते हैं कहीं से भी वायर और स्विच बोर्ड बाहर नहीं दिखते हैं और आप देख सकते हैं कि बीच में ये सफ़ेद कलर का हमने चारकोल लगाया है ऊपर में भी ये चारकोल की पट्टी दिख रही है टॉप पे और ये मिस्त्री चारकोल लगा रहे चारकोल बोले तो एक प्लास्टिक प्रोडक्ट रहता है और उसके प्राइस की जब अपन बात करते हैं तो उसकी 32 फुट की एक शीट आती है 8 बाई 4 की और उसकी जो प्राइस रहती है वो करीब छः के लमसम रहती है और बीच में ये एल की फ्रेम फिट करने के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ी हुई है ये छोड़े तो भी ठीक है नहीं छोड़े तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है लेकिन हमने ये फ्रेम लगाने के लिए बीच में थोड़ी सी खाली जगह रखी है और ये चारकोल थोड़ा सा टेक्चर फिनिश में रहता है और ये मैंने एक टुकड़ा हाथ में लिया है ये चार एम एम रहता है चारकोल और इस चारकोल को चिपकाने के लिए संभवतः इसमें सिलीकॉन का भी प्रयोग किया जाता है और हमने ये फेविकोल प्रोबोंड का यूज किया है फेविकोल प्रोबोंड एक रबर टाइप का एडेसिव रहता है जो प्लास्टिक सीट चिपकाने के लिए काम में आता है चारकोल चिपकाने के लिए काम में आता है हालांकि एक्रेलिक माइक का भी जो रहती है वो इसी प्रोबोंड से चिपकाई जाती है और ये करीब साढ़े तीन सौ तीन सौ बीस रुपये की एक पाँच सौ एम की बोतल आती है और ये जो साइड की डेढ़ इंची की पट्टी है ये अभी आपको चिपकाते हुए हम हर एक चीज़ को लाइव दिखा रहे स्टेप बाय स्टेप ये धीरे धीरे इसको ऐसे फैलाया जाता है और बरसात के मौसम में भी ये बहुत ही अच्छे से पकड़ करता है अभी इसकी सीलिंग और इसका वॉल एकदम आपको ये पुराना कलर दिख रहा है जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इसका रीनिवेशन होते हुए आपको दिखाई देंगे ये फेविकोल को एक टुकड़े से सावधानीपूर्वक फैलाना होता है और ये कलर की साइड से बिल्कुल नहीं गिरने को होना जैसे ही ये जो प्लास्टिक फेविकोल कलर की साइड लग जाता है तो इसको छुड़ाना मुश्किल होता है और ये चारकोल बहुत ही सेंसिटिव प्रोडक्ट है इसके ऊपर जैसे वुड पॉलिश है थीनर है या कोई भी पेट्रोलियम पदार्थ इसके ऊपर गिरता है तो इसमें खराब होने की संभावना रहती है तो इस चीज़ का भी हमने विशेष ध्यान रखा है और साइड में आप देखें तो ये जो डाइनिंग एरिया है डाइनिंग एरिया में जाने का जो दरवाज़ा है उसको हमने विनियर से फ्रेमिंग कर लिया है पॉलिस अभी भी इनका बाकी है अभी ये थोड़ी देर में आपको ये पट्टी यहाँ पे चिपकी हुई दिखेंगी ये देखिए इस शॉर्ट में आपको ये पूरी तरह से ऐसे फाइनल दिख रहा है जिसमें पॉलिश को छोड़ के पूरा इसका विनियर लग गया है पूरा इसमें चारकोल लग गया है सो ड्रावर है इसके ऊपर हाई ग्लोसी की माइका लगी हुई है विनियर भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है 9000 के करीब की एक विनियर सीट आती है और चारकोल का मैं पहले जाहिर कर चुका हूँ कि ये छः की सीट मार्केट में मिलती है उसे कम में भी मिलती है और हाई ग्लोसी जो रहती है वो ढाई की एक सीट आती है आप में सीलिंग को देख के सीलिंग में भी अच्छा कलर कॉम्बिनेशन किया हुआ है और सीलिंग को कंसिल नहीं किया गया है इसमें केवल व्हाइट कलर की एलईडी लाइटें लगी हुई है और इस वीडियो में अभी आप देख पा रहे हैं इसको पॉलिश किया हुआ है जिसको मेला माइन पॉलिश बोलते हैं और पॉलिश का एक दूसरा भी प्रकार रहता है जिसको मेट फिनिश बोलते हैं ये ग्लॉसी फिनिश पॉलिश है और साइड से जो हमने सीरीज के लिए जगह रखी थी यहाँ पे हमने वार्म वाइट की एक सीरीज लगा दी है तो अभी ये दिन के टाइम में वीडियो शॉट लिया गया है तो यहाँ पे लाइट का इफ़ेक्ट आपको पूरा नहीं दिख रहा है और नीचे में जो ड्रावर है वो करीब दो फिट वर्त में चौड़ाई में है और अठारह इंची इसकी डीप रखी हुई है और इसके टॉप पे हमने 12 एम mm का एक ग्लास लगा दी है ताकि इसके जो टेक्चर के ऊपर कोई भी धूल मिट्टी ना लगे नीचे में सेट बॉक्स रखने की जगह है वैसे सेटअप बॉक्स ज़्यादातर लोग टॉप के ऊपर ही रखते हैं ऊपर रखने से क्या होता है कि जो टी से आने वाले जो केबल्स है वो जब सेटअप बॉक्स को अटैच होते तो वहाँ पर उसका मालूम चलते रहता इसलिए हमने केबल छुपाने के लिए इसको नीचे में रखा है और इस साइड से भी ये सीरीज़ आपको दिख रही है जो यहाँ से ये गोल्डन कलर की दिख रही है ये पूरा हॉल वापस एकदम रिन्यू हो गया है और ये साइड में लगा हुआ स्विच बोर्ड है जो फ्रंट साइड से दिखाई नहीं देता साइड से इसको ऑन ऑफ़ किया जाता है इसलिए आप सभी इस वीडियो को लाइक कीजिए